Hey guys, स्वागत तो करे हमारा स्वागत भाई, interesting play, देख लो लास्ट तक मजा आएगा लास्ट में तो करना भाई, लास्ट में करना अभी नहीं चाहिए कोई जरूरत नहीं नहीं बोला तो नहीं भाई लास्ट में मजा आए तो लाइक करना सब्सक्राइब करना जो करना है तेरे को करना है। पहले वीडियो देख पूरा देख उसके बाद जाना भाई देख हम लोग आए थे भाई अनस्टोबेबल करने के लिए तो भाई अनस्टोबेबल हम लोग भाई करेंगे सर जरूर और भाई एनिमी को खेलेंगे जरूर तो भाई देखो वीडियो और इंटरेस्टिंग ओ भाई आई एम सॉरी बाबू ये तो कुछ मैच ना हुआ आजा फिर मैचिंग कर ले। मैचिंग करने के लिए हम यहाँ बैठे चलो मैचिंग करते रहेंगे तो बाकी साल कहाँ जाएंगे चलो मैचिंग करो खाली काम धंधा है नहीं खा पी के मैच करते रहे आई एम सॉरी बाबू भाई चाह आप लोगों के ऊपर नहीं है भाई आप लोग मर नहीं जाए ना हाँ भाई सब मरना नहीं मरना नहीं भाई मारो मारो मारो मारो मारो मार, मार। अगर इन लोग मर गए भाई सारे लाइक कर, तो मत करो अभी लास्ट तक वीडियो देखो जरूर <laughs> ओ भाई साहब मेरे बंदे मरने वाले है ये कंफर्म है भाई साहब ये हो क्या भाई ये भी क्या भाई तू निकल ले निकल निकल निकल निकल ले ले ले ले भाई भाई भाई पतली गली नहीं तो मरेगा ओ बेचारे को चार टोकन मिला है जैसे एक को बचा ले एक वो बच जाए तो हम लोग भी बच जाए भाई भाई ओके एक तो बच चुका है हम लोगों का वो जाके कहीं दूर में गिरो भाई दूर में जाके गिरो भाई साहब मरना नहीं मारना बचाना है भाई क्योंकि हम लोगों को नहीं बचाया था तो तू ज्ञाना है यार क्या है यार बचा ले अरे बेटे बचा ले ओ खेत तो उड़ते हुए खटोले के तरह हम लोग भी आ चुके हैं फिर से लैंडिंग में और अनस्टोपेबल भाई चालू है हम लोगों का क्योंकि हम लोग फिर से आ चुके हैं भाई एक ही गेम प्ले है भुईया कन्फर्म है भुईया हम लोग लेके छोड़ेंगे क्योंकि हम लोग मरे नहीं हैं अभी तक अभी हम, हम जिंदा है।, है तो भाई साहब क्योंकि टेंशन नहीं लेने का और मेरे को एक भाई साहब वो भाई साहब नहीं मिला जैसे तैसे कार कार 98 98 दिला दे ओ मिल चुका है मुझे वाह एक एम एट भी मैं खरीद लूंगा मेरे पास टोकन है एम एक ले, ले लेते हैं भाई साहब अनस्टॉपेबल होने वाला है वीडियो को लास्ट तक Enjoy करें भाई सब हम करते रहेंगे और आपको बुया दिलाते रहेंगे बुया हमारी होगी आपको इंटरेस्टिंग दिला इंटरेस्ट दिलाते रहेंगे तो हम आ गया भाई <laughs> One hour later, two hours later, three hours hours थे तो इतने टाइम के बाद हम लोगों को एनिमी मिला है भाई साहब तो अभी आ चुके हैं हम क्लॉक टावर पे और हम लोगों को दिख गया एनिमी और इसको मारेंगे हम ओ भाई साहब नोक नोक नोक नोक नोक इसका किल उठा लेते हैं भाई फटाफट 104। ओके इसका किल हम ले चुके हैं भाई साहब और एक इधर है साले तुझे रुक रुक चले रुक निकल निकल ओ भाई साहब कौन फेल रहा है ओ भाई रुक जा भाई दो दो मैंने मैंने मार दी कोई <laughs> कोई बात नहीं। कोई बात नहीं नहीं नहीं लेकिन हम लोगों का आंस्टूबिबल रहेगा आंस्टूबिबल करेंगे और मारेंगे भाई सब नहीं छोड़ेंगे। भाई सबको छोड़ेंगे अभी के अभी इसी वक्त आप लोग लाइक करें हम लोग को को मारेंगे चाहिए लाएक करें, लाएक करें। लाएक के बटन तोड़ दो दो दो फोड़ भाई ये सब और सब्सक्राइब के बटन को चाहे फूल मारो मोमबत्ती मारो क्या मारो मजो नहीं पता अरे भाई सब मस्त ग तो में, में, तो लेने के लिए तो भाई सब आप लोगों को कॉमेंट में जना हो भाई क्या हम लोगों को भूया मिलेगा तो नहीं मिलेगा भाई नहीं तो बोलना नहीं है नहीं तो फोर डालूंगा उधर जाके वो मेरे पास तो भाई एमो की कमी है एमो नहीं है भाई भाई एमो भाई जब एमो नहीं को जिल रहा है भाई सब ड्रैगन गजा है मेरे बाउंड्री में मुझे एमो दे दे प्लीज मुझे एमो दे दे <laughs> भाई ऊपर एनिमी ओके 89 का पड़ा एक ओ भाई साहब किधर गया ओ भाई साहब भाई पीछे एनिमी भाई टावर में बैठ जाता हूँ उसी में सेफ्टी ओके ओ इधर एनिमी ओकेमी भाई ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, मारना नहीं मारना नहीं मारना नहीं बच्चा है बच्चा कैसे दे रहा भाई गलती हो गई भाई भाई मुंह से निकल गई भाई कोई नहीं कोई नहीं तो हम लोग पतली गली निकल लेते हैं भाई क्योंकि मेरे पास एमओ तो है नहीं चार और साथ है ए, क्या होगा भाई साहब लास्ट तक देखे भाई इन्जॉय करे वीडियो को लास्ट तक देखे और हम लोगों को लाइक करे भाई थोड़ा सा सपोर्ट करे यार आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा तो प्लीज वॉच दिस वीडियो लास्ट तक इतनी इंग्लिश भाई अच्छी लगी ना तो लाइक करना क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था इसीलिए लाइक करो बोल रहा है भाई साहब ऊपर इंडी जा रहा है तो ओ, एक 140, ओ माई गुड एक सौ तीन और ये भाई एक सौ चार बस नौ अरे भाई किल ले लेते हैं इसका बस किल मिल चुके हैं हमको तो हमारे दो किल हो चुका है भाई साहब चार है मेरे पास गोली भाई सब चार बुलेट है भाई साहब क्या करे क्या करे भाई ड्रॉप में देखता हूँ शायद मिल जाए भाग में हो तो मिल जाएगा नहीं तो नहीं मिलेगा भाई सब क्या मिलते हैं भाई गजा गजा है गजा ले, ले लेते हैं भाई सब इससे ही अनस्टॉपेबल मारेंगे अभी भाई साहब ये मेरे पास डबल रेंज वाला है भाई इधर से और आगे आने में ओ भाई, ओ भाई नॉक और इसका किल उठा लेते हैं भाई ओके एक मेडिकेट मार लेता हूँ भाई साहब भाई साहब भाई साहब वो भाई भाई भर भाई भर भाई, भाई, भाई, भाई, भाई आज तो भूया पक्का हमारे भाई भाई भूया मिल जाए तो लाइक कर देना है क्योंकि भाई साहब Like में जिंदगी है जिंदगी में हम हैं और अगर फ्री फायर में हम होते तो क्या का गम होता अगर तुम होते तो गम ही गम होते भाई शाह हो क्या रहा है मेरे पास ओके ओ भैया आराम से आराम से भोया लेना गोया लेना भैया तो हमको है चाहिए चाहिए भैया तो हमको चाहिए चाहिए ओ भाई साहब 37 का एक लगा और नहीं लगा भाई साहब नूबड़े हैं हम नुबड़े नुबड़े के सरदार हैं हम नूबड़े नहीं नुबड़े के सरदार सरदार पता है ना इधर रहने तो भाई ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ किल उठा लेते हैं भाई ओ भाई चाह भाई चाह भाई चाह मुझे किल नहीं मिला भाई चप भाई चप भाई बचा ले बचा ले बचा ले मुझे बचा ले जल्दी हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी बचा ले ए ले ले तो बचा ले, ओके, ओ ओ ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ये भी जरुक जरुक जरुक जरुक। कोई बात नहीं कोई बात नहीं हम हैं, तो जिंदगी में क्या गम है हमी हम ही हम हैं, तो तुम्ही तुम हो तुम ही तुम हो तो हमी हम ही हम हैं, भाई भूया पक्का है ये भाई साहब सात इनमी लाइफ साथ मतलब चार है हम लोग तीन हैं भाई साहब मारेंगे मारेंगे नहीं तो मरेंगे भाई छः भाई साहब ओके भाई साहब हमको चाहिए भूया ओ भाई साहब चार किल हो चुका है मेरा हमको चाहिए भूया हमारा चार किल भैया भूया भैया भूया भूया भैया गिरने थोड़ा ओ भाई ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई के के अभी निकल आजा आजा आजा आजा आजा आजा आजा आजा आजा आजा लोग चले वो आ गया भाई ओ तो लास्ट तक तक वीडियो वीडियो जिसने रखा है वो लोग लाइक करे सब्सक्राइब करे और भाई साहब क्या करना है करे तो कल मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग गेम प्ले में टाटा बाय बाय